खा कूलरवास टीबी पंखा नहीं हो कूलरवासन सुंदर भैया के चढ़ाऊला तिलक में बर्तन चढ़ाऊला के रहे पुनः हर देव दिल खाली भाई बराबा हो देव के रहे पुनः खाली भाई बराबा हो ऐसन सुंदर गई <laughs> भैया